इस वीडियो में एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स क्या, क्या होता है ऑप्शंस क्या होता है सबसे पहले एफएनओ में दो पार्ट्स होता है एक फ्यूचर एक ऑप्शंस फ्यूचर्स सिंपल है ऑप्शन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस वीडियो में मैं आराम से समझाऊंगा दोस्तों वीडियो अंत तक देखना दोस्तों ठीक है दोस्त? अभी ऑप्शंस में दो प्रकार के ऑप्शन होता है एक सी एक पी एक कॉल ऑप्शन एक टूटा ऑप्शन ये ज़्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं बाद में मैं बता दूँगा कॉल क्या होता फूट क्या होता कॉल मतलब तेजी पीए मतलब मंदी है वो कैसे आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए है बिगिनर्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बिगिनर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप ये वीडियो देख सकते लो नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे जैसा कम दिमाग का है वो देख सकता जीरो नॉलेज बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी आप समझिए बेसिक वीडियो है दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है कोई नया चीज़ सीखने के लिए तभी ये वीडियो देख सकता ये वीडियो वो बंदा नहीं देखना दोस्तों अगर इन्वेस्टर समझता अपना वो नहीं देख लूँगा तो इन्वेस्टर मतलब मेरे की जैसे नहीं उसने इंट्रा के लिए पच्चीस हज़ार रुपये लगा स्टॉक खरीद लिया आज ही मैं कमा लूँगा वो दूसरा दिन उसी दिन उसी दिन, दिन लोअर सर्किट लग गया दूसरा दिन लो तीसरा दिन लोअर सर्किट लगते आधा हो तभी वो ही इन्वेस्टर बन गया बोलता बच्चे के लिए काम आ जाएगा कितना बड़ा सोचा इस टाइप के इन्वेस्टर ने एक्चुअल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग ही करता है वो आगे की नो तो इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग ट्रेडिंग में करना नहीं चाहता मैं ये जुआ समझता वो नहीं देखना दोस्तों आज के ट्रेंड में आ, मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ उस टाइप की अपॉर्चुनिटी दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हो अगर आप ट्रेडिंग में आपको हंड्रेड परसेंटेज नॉलेज तब ये वीडियो नहीं देखना दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपज़ के लिए डिस्क्लेमर पढ़ लेना दोस्तों फ्यूचर्स फ्यूचर्स क्या होता है पहले डिस्कस करेंगे कुछ नहीं दोस्तों ये टेबल देख लेना हम कैश में शेयर्स करेते थे सौ रुपये प्राइस है एक, एक प्राइस एक अगर कर ले तो सौ रुपये अगर एक चेंज हो गए तो मतलब बढ़ गया रेट एक 101 हो गया आपके एक प्रॉफिट मिलेगा है ना तो अगर एक लॉस हो गए तो एक लॉस हो जाएगा अगर हंड्रेड रुपीज़ वैल्यूड शेयर पाँच सौ पाँच खरीद लिया तब आपको 5 लाख रुपये लगाना पड़ेगा अगर एक रुपये भी तभी बढ़ गया तो आपको पाँच छः प्रॉफिट मिलता ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है कैश मार्केट में वैसे वन रुपये कम हो गया आपको 5000 थाउजेंड माइनस में चला जाएगा अगर आप 20000 हज़ार शेयर ख़रीद रहे हैं तब आपको बीस लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपको बीस हजार प्रॉफिट मिलेगा अगर एक रुपए बढ़ने से और दो रुपए होगा तो चालीस हजार उस हिसाब से होता है लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है ये बीस हजार शेयर्स खरीदने के लिए आपको 20 दो लाख रुपए लग रहा है सॉरी 20 लाख रुपए लग रहा है ना इतना नहीं है पाँच लाख रुपये में आपको बीस शेयर्स एलर्ट कर देगा ब्रोकर आपको मिलेगा जैसे इंड्राडे में मार्जिन मिलता है वैसे इसमें भी मिलता है असर तो है एक्सपायरी के दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है हर महीना लास्ट ट्यूजडे एक्सपायरी होता है वो डेट कुछ भी हो सकता है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस उससे कोई मतलब नहीं लास्ट ट्यूजडे एक्सपायरी है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तब आप हर हफ्ता ट्यूजडे एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होता है दोस्तों इसके ऊपर ध्यान देना एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं आप 20,000 शेयर्स पाँच लाख रुपये में मिल जाए मतलब 20 लाख रुपए के माल पाँच लाख रुपये में मिलेगी ये फायदा है एक लाट में कम शेयर्स नहीं खरीद सकते कम नहीं खरीद सकता अलग अलग अगर निफ्टी में तो 50 की क्वांटिटी मिनिमम खरीदना होगा आपको स्टॉक के लिए भी उतना खरीदना होगा इसमें आप ख़रीदने के बाद जैसे रेट बढ़ी गया एक रुपए भी बढ़ी गया आपको आप लगाए पाँच लाख रुपए लेकिन बीस हज़ार रुपये लगाने वाला कैश वाले के लिए जितना प्रॉफिट मिलते तो उतना प्रॉफिट मिलेगा कहने का मतलब ये है आपसे इतना पैसा लेगा अगर मार्केट में मंदी होकर का आपकी तेज़ की तेज़ी की तरफ है, मंदी हो के शेयर के रेट नीचे आ गया फिर भी ब्रोकर को कोई अपना पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपका पैसा से वो लॉस आपकी होगा बाकी पैसे वो लगाएगा वो टोटल सिस्टम के हिसाब से चलता है वो ब्रोकरेज ले लेते हैं ठीक है तो सिर्फ इतना है कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीद के ट्रेड कर सकते हैं लॉस हो गए तो लॉस सिर्फ लॉस और गेन वाला पैसा अपने से ले लेता सेल भी कर सकता पहले और बाई भी कर सकता पहले सेल करके बाद में बाई कर सकता अगर आपको पता है कि मार्केट में इसके रेट कम होने वाला है गिरने वाला है एस बी अभी 500 रुपए चल रहा है मार्केट में कल साढ़े चार हो सकता है इस महीने में तो आपको लग गए तो पहले शार्ट करके उसके बाद जैसे वो नीचे रिट आ गया आप बाई कर सकते हो आपका प्रॉफिट मिलेगा ये दोनों टाइप ट्रेड कर सकते हैं इसमें क्या है अच्छा ही क्या लार्ज क्वान्टिटी शेयर्स आप लो प्राइस कम पैसे में हम खरीद सकते हैं बाई भी कर सकता है सेल भी कर सकता है सेम अमाउंट पे कोई ज़्यादा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है हाई गेंस मतलब कम पैसे दे करके ज़्यादा पैसा कमा सकता बैड पॉइंट्स क्या है ये देखेंगे आप स्माल क्वान्टिटी कम क्वांटिटी में खरीद नहीं सकते मिनिमम एक लाख डेढ़ लाख रुपये होना चाहिए इसमें ट्रेड करना होगा एफ़ एन ओ बैंड लिस्ट कभी कभी एफ एन ओ में बैंड में आ जाता है आप शेयर लेने के बाद फंस भी जाता है उसके बारे में ध्यान देखें टाइम लिमिट है टाइम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा आपकी एक महीने में बढ़ गया है तो बढ़ गया नहीं तो नहीं है अगर बाद में बढ़ गया कोई फ़ायदा नहीं है आपका अगर कोई शेयर खरीद लिया उसका रेट नहीं बढ़ा आपका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अगर बढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें। तो है इसमें हाई रिस्क नेक्स्ट फ्यूचर्स पे ट्रेड लेने से पहले कुछ एक बात पर आपको ध्यान देना ट्रेंड क्या है आपको पता होना चाहिए सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए प्राइस एक्शन पता होना चाहिए चार्ट रीडिंग आपका अच्छा आना चाहिए और स्टॉक और इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड तो ले रहे हो उसका डीप एनालिस करना उसके बाद ही ट्रेड लेना टेक्निकल एडवाइजर की अगर सलाह लेना चाहते तो पक्का लेना दोस्तों वर्ल्ड मार्केट और कम्यूनिटी मार्केट क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा न्यूज़ इसके बारे में भी अच्छे तरफ आपको नॉलेज होना चाहिए इतना होने के बाद आप कन्फर्म हो गया एफर्ट में फ्यूचर्स में कोई ट्रेड ले लिया निफ्टी ले लिया लॉन्ग किया अपने लॉन्ग मतलब बढ़ने वाला करके ले लिया एक क्वांटिटी तब आप कौन सा कौन सा लेने के बाद क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना कभी भी प्यार नहीं करना किसी शेयर या स्टाक के ऊपर ये बहुत अच्छा शेयर है बढ़ने बढ़ेगा बाद में इस महीने में ई ड्यूरेशन में आपकी जो टाइम लिमिट है उसमें बढ़ना चाहिए ठीक है दोस्त नहीं बढ़ रहे तो हमारे लिए वो कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना दोस्तों इसमें कोई बाईबंदी नहीं है कीप माइंड इन टाइम एक्सपायरी डेट की टाइम को देखना दोस्तों इसमें तीन टाइम होता है स्टार्टिंग टाइम मिडिल टाइम या लास्ट टाइम एक्चुअली मिडिल टाइम में जाना एफ एन मिडिल में निकल के आ जाना लास्ट हो गए तो टाइम वैल्यूज बहुत ख़तरनाक हो जाता है आपको खतरनाक साबित तो हो सकता है शुरू शुरू में तो आपको प्रीमियम प्रीमियम यानी एफ एन एम फीचर्स ज़्यादा में ट्रेड होता है दोस्तों उसके ऊपर ध्यान देना कब एंट्री होना उसके ऊपर आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा वो अलग होगा सब्जेक्ट से हम दूर चला जाएंगे दोस्तों ठीक है वीडियो अभी भी लंबा होने वाला दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है मैगजिम कोशिश करना है अपने में ज़्यादा दिन कैरी नहीं करना रात को क्या हो जाता पता नहीं चलता तक एकदम आपकी ट्रेड के विपरीत में आप तेजी की तरफ है तो मंदी हो जाएगा एट अ टाइम पाँच परसेंटेज छः परसेंटेज करेक्शन आ गया तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाता है कैरी नहीं करना इंटरेडे करना बहुत अच्छा होता दोस्त में हो ट्रेडिंग सोच के नहीं करना अगर ये होने वाला ये आने वाला नॉलेज के साथ इसमें उतरना दोस्तों पैसा है इसलिए उतर गया फिर दिक्कत हो जाएगा आप इंडिकेटर्स ज्यादा इंटेलिजेंट पूरा इंडिकेटर्स लगा करके ट्रेड करोगे फिर नुकसान हो जाएगा दोस्तों इसके ऊपर ध्यान देना दोस्तों वो एनालिसिस वो कितना भी बताया अपना खुद एनालिसिस करने, करने के करने के बाद ही ट्रेड लेना ट्रेड लेने के बाद भी अपना एनालिसिस को जारी रखना भी क्या हो रहा थोड़ा बाई एंड फर्गेट वाला मामला को मामला से दूर रहना दोस्तों फ्रेंड्स इसमें देखते हैं है, एफ आप में शेयर्स कैसे करेना आपका आपको जरोदा में अकाउंट है आप सीधा इस की पेज आपके पेयर होगा यहां पर आपको क्या करना टाइप करना होगा निफ्टी निफ्टी दिखा दिया निफ्टी टाइड करने के बाद ये ऐसा आ निफ्टी बींस और निफ्टी जनवरी फ्रूट फेबरवरी इस तरह का आ जाएगा आप इसी में ऐड कर देना दोस्तों अपना में फिर नेक्स्ट ऐसे ऐड हो जाएगा निफ्टी फिफ्टी ट्रेड हो रहा है सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी एट निफ्टी जनवरी फ्रूट सेवनटीन थाउजेंड नाइन इतना में ट्रेड हो रहा है ठीक है दोस्त इसके बाद इसको बाई करना होता है बाई के ऊपर आपने सिर्फ क्लिक करना उसके बाद इस टाइप की बॉक्स एपेयर हो जाएगा आप 50, 100 इस टाइप से आप खरीद सकते एक दो क्वांटिटी खरीद नहीं सकते आप देख सकते हैं सेवेंटीन थाउजेंड नाइन है एक की क्वांटिटी अगर आप पच्चीस खरीद रहे तो आपको लग रहा पैसा एक लाख पाँच हज़ार रुपये छः हज़ार तक हो रहा है और इतना पैसे में आपको दस भी दस क्वान्टिट्टी भी नहीं मिलेगी नॉर्मल आप डायरेक्ट निफ्टी खरीदोगे लेकिन इसमें क्या है? आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है मार्जिन मिल जाता है इसके ऊपर आप ध्यान देन देना दोस्तों लेकिन ये एक शर्त है ये टाइम लिमिट होता है अगर जनवरी का निफ्टी फ्यूचर ले लिया तो आप जनवरी लास्ट वीक के ट्यूजडे आपका एक्सपायरी हो जाता है हर वीक के लिए भी आप ले सकते हैं एक्सपायरी के लिए इसमें ट्रेन नेक्स्ट चलते दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग समझना इतना आसान नहीं है मैं कोशिश करूंगा आपको इसको अच्छे तरह समझाता मे इन वीडियो दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा बकवास नहीं बताऊंगा अगर होगा है तो मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा इसमें दो होता है एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन हम फ्यूचर्स में जब ट्रेड ले, ले लेता है उस समय हम क्या कर लेते हैं लाखों रुपए पैसे देने पड़ते हैं इसमें कोई ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं और कम पैसा दस हजार पाँच हज़ार दे के भी लाखों रुपए कमा सकता है अगर आप इंटेलिजेंट है तो पहले समझना दोस्तों उसके बाद ट्रेडिंग की बाद में बात करेंगे ऑप्शन में दो ऑप्शन होता है एक काल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन काल ऑप्शन मतलब तेजी काल को भी बाई कर सकता है सेल भी कर सकता है पुट का भी बाई कर सकता है और सेल भी कर सकता जो कॉल बैर की पॉइंट ऑफ व्यू होता अभी मार्केट की प्राइस सौ रुपये ये सोचता मार्केट में ये शेयर की प्राइस बढ़ने वाला वो भी एक्सपैरी डेट इसमें भी एक्सपेयरी होता है लास्ट ट्यूजडे सेल स्टॉक के लिए इंडेक्स के लिए हर ट्यूजडे एक्सपायरी होता हफ्ता हफ्ता के लिए भी ठीक है लास्ट जनवरी महीना लास्ट एक्सपेरी था, न, था ये बैर सोच लेता है 115 सौ रुपये की मैं कॉल ले लेता हूँ कॉल 115 लेना मतलब क्या हो गया मार्केट में इस शेयर की प्राइस सपोज़ शेल समझ लो ये सेल की प्राइस इतना है तकरीबन 115 से ज़्यादा होने वाला करके दस रुपये ऑप्शन सेलर को देते अभी ये वीडियो अंत होने तक मैं ऑप्शन सेलर हूँ आप बहर मुझे आप दोगे दस मैं प्रीमियम ले ये प्रीमियम मेरा हो गया यदि महीना एंड तक शेयर की प्राइस एक सौ हो गया तब मैं आपको 15 से ये 130 हो गया तो मतलब कितना हो गया 5 15 रुपये आपको वापस दूंगा 115 के ऑप्शन आप लिया आपने 115 से ऊपर जाने वाला और 115 से जितना भी ऊपर गया पैसा मुझे देना पड़ेगा आपको पंद्रह रुपये आपको मैं दूंगा जो प्रीमियम दस रुपये ले लिया वो मेरा होगा ठीक है दोस्त तो क्लियर अगर शेयर की प्राइस डेढ़ सौ हो गया डेढ़ सौ हो गए एक सौ पंद्रह से कितना ज़्यादा थर्टी फाइव रुपीज़ थर्टी फाइव रुपीज़ में दूँगा आपको पहले दस रुपये ले लिया पच्चीस आपकी प्रॉफिट ये ऑप्शन बायर के लिए फ़ायदा अगर यदि मार्केट में प्राइस 115 से नीचे और 115 से ऊपर नहीं गया 115 में रुक गया तब आपको नुकसान टेन रुपीज़ है दस रुपये मेरा है अगर आपकी 120 हो गया आपको मैं पाँच रुपये दूंगा लेकिन इससे पहले मैं दस रुपये ले, ले लिया आपको पाँच रुपये लास्ट अगर 125 हो गया मार्केट में तब आपको क्या होगा मैं दस रुपये दूंगा लेकिन पहले प्रीमियम में लिया आपको कोई लॉस नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है एक के ऊपर आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा जितना अगर 200 हो गए तो मैं कितना देना पड़ेगा आपको अस्सी रुपये सेवेंटी फाइव देना पड़ेगा दस रुपये पहले ले लिया इसके वजह से नहीं तो एटी फाइव देना होता यदि मार्केट में शेयर की प्राइस अस्सी रुपये हो गया तभी आपका नुकसान दस रुपये अगर नाइन्टी होगा तभी आपका दस शेयर के प्राइस दो रुपये हो गए तभी आपकी दस रुपये इसमें ऑप्शन बैर के लिए लिमिटेड रिस्क है ऑप्शन सेलर के लिए अनलिमिटेड रिस्क है। अगर दो सौ हो गए तो एटी रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या है मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ किसी को समझ में नहीं तो कोई टेंशन नहीं होना नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरफ समझा देता हूँ कॉल ऑप्शन सपोज़ एक ट्वेंटी क्रिकेट मैच चल रहा है ये आपकी एक्सपायरी है ट्वेंटी ओवर खत्म होने के बाद मैच ख़त्म बैटिंग करने के लिए मौका नहीं मिलेगा रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है एक स्टॉक समझ लो अभी सेकेंड ओवर चल रहा है टाइम क्या हो गया एक्सपायरी के लिए अभी स्टार्ट होगी गए जनवरी फर्स्ट से लेके जनवरी ट्वेंटी फोर एक्सपायरी आ रहा है समझ लो इस महीने तो ट्वेंटी सेवन एक्सपायरी है ट्वेंटी सेवन ख़त्म है लेकिन अभी सेकेंड डेट टू चल रहा है फर्स्ट डेट नहीं है टाइम भी कुछ हो गए दो और खत्म हो इंडिविजुअल स्कोर रोहित शर्मा की 20 रन ठीक दोस्त अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या होता है अलग अलग रन को ऊपर अलग अलग प्रीमियम होगा अभी 20 रन पे रोहित शर्मा खेल रहा है आप ये सोच लेते रोहित शर्मा 100 रन बनाने वाला है आप मुझे दस रुपए दे के ये प्रीमियम दोस्त ये दस रुपये प्रीमियम दे आप ये बोलते थे दस एक रन रोहित शर्मा बनाएगा इससे ऊपर ही बना सकता है ये प्रडिक्शन आपकी प्रडिक्शन है रोहित शर्मा सौ रन बनाएंगे मेरा प्रडिक्शन क्या है रन बना नहीं सकता इसलिए मैं ऑप्शन सेल करता हूँ और एक ऑप्शन होता है अब रोहित शर्मा 50 रन बनाएगा करके आप अगर ऑप्शन मेरे से लेना है मेरे पास आकर के ये दस रुपये में मैं ऑप्शन भेजूंगा नहीं क्यों पचास रन बनाना आसान है इसलिए तीस पहले आपसे मिलूँगा समझ गया दोस्त यदि आप सौ रुपए के ऑप्शन मेरे से ले लिया उसके बाद रोहित शर्मा 110 रन बनाया तब क्या होगा आपको मैं 10 रुपए दूंगा 10 रुपए दूँगा लेकिन पहले से मैं प्रीमियम 10 रुपए ले लिया इस प्रकार रोहित शर्मा अगर रन बनाना शुरू करके 50 तक पहुंच जाता ये प्रीमियम्स भी चेंज हो जाता बढ़ जाएगा अगर रोहित शर्मा आउट हो जाता तब प्रीमियम भी घट जाता किसी कारण से सेकेंड बॉल में आउट हो गया रोहित शर्मा तब आपका दस रुपये लॉस है अगर रोहित शर्मा डेढ़ सौ रन बना दिया तब मैं आपको पचास रुपये देना पड़ेगा पहले दस रुपये आपसे ले लिया चालीस रुपये आपका प्रॉफिट अगर डबल सेंचुरी मार दिया नब्बे रुपये आपकी प्रॉफिट ठीक है दोस्त क्लियर हो गया अगर पचास के ऊपर अभी ट्वेंटी पे खेल रहे तभी ट्वेंटी पे खेल रहा क्योंकि अभी ओवर्स भी बाकी हैं एटीन ओवर्स बाकी हैं यदि रोहित शर्मा पचास पे खेल रहे हैं 18 ओवर चल रहा है तब सौ रुपये की प्रीमियम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली घट जाता है टाइम खत्म होने के बाद भी प्रीमियम कर। और ये रुपये में दो रुपये में भी, भी मैं भेजूंगा क्योंकि वो चांस ही नहीं है दो ओवर में बाकी 50 रन रोहित शर्मा नहीं बना सकता नॉटेर टाइम और शेयर की प्राइस इसी के ऊपर हम ऑप्शन खरीद लेते खाला ऑप्शन जो भाई कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर की रेट बढ़ने वाला है ठीक है दोस्तों इसको और एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे सपोज यहाँ एक लैंड है लैंड है दोस्त ये लैंड की वैल्यू एक लाख रुपये मैं सेलर हूँ आप एक बायर। ऑप्शन के जरिए ये लैंड को आप कैसे बाई करते हैं ये देख। ये लैंड की रेट अभी फिलहाल चल रहा है एक मार्केट रेट है एक लाख रुपए आपको पता है ये इसकी बगल में एक एयरपोर्ट आने वाला ये मुझे नहीं पता है आप क्या करते हैं मेरे पास आकर के एक एग्रीमेंट ले लेता है एक लाख दस हज़ार रुपये में ये मैं आपकी लैंड खरीद लूंगा इतना बड़ा लैंड नहीं ये लैंड में एक पार्ट है छोटा सा पार्ट समझ लो फिफ्टीन बाई फिफ्टीन फीट के एक छोटा सा प्लेस ठीक है दोस्त आपको पता है एयरपोर्ट आने अभी तक तो एयरपोर्ट आया नहीं आप क्या करते हैं पाँच हज़ार रुपये मुझे दे देता है आप ये ग्रेड में लिख देता है ये महीना लास्ट तक वो एक्सपायरी तक मैं एक लाख दस हज़ार रुपये दूंगा तब मेरे को ये लैंड रजिस्ट्रेशन करना और किसी को देना नहीं पाँच हजार रुपये दे करके वो आपको फिक्स कर देता है ठीक है रेट कुछ भी हो जाए अगर दो लाख हो जाए तीन लाख हो जाए मुझे एक लाख दस हज़ार रुपये में ए लैंड आप रजिस्टर करोगे ये एग्रीमेंट है आप जैसे सोच लिए उसी हिसाब से एक लाख पचास हजार रुपये हो गया लैंड के रेट एयरपोर्ट भी आ गया तब क्या होता कुछ बंदा खरीदने के लिए आ जाता वो ढूंढता रहता है यहाँ लैंड है आप भी सर्च मार के उनको बता देता है भाई यहाँ लैंड है डेढ़ लाख रुपये में मिलने वाला आपको चाहे तो बता दो वो लैंड मेरा ही बता इसको ले जा करके ये एक लाख दस हज़ार रुपये उसको दे करके रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं फिर आप इसको बेच देते हैं डेढ़ लाख रुपए में सिंपल आप पाँच हज़ार यदि यहाँ एयरपोर्ट नहीं आए तो दूसरे जगह चला गया इसका लैंड खूब वैल्यूबल नहीं है पचास हज़ार रुपये में भी कोई नहीं ले रहा आपका सिर्फ ही पाँच सौ रुपये उसके पास छोड़ दोगे फिर भाई मैं नहीं लूँगा क्यों पचास हज़ार का लैंड एक लाख ले कर खरीदोगे अपना टोकन अमाउंट गया वैसे प्रीमियम जाता है इसमें कॉल में ये अगर रेट बढ़ गया आपका फ़ायदा होगा कॉल जो बाई कर रहा है कॉल का भी बाई और सेल दोनों कर सकता है ठीक है दोस्त इस प्रकार ट्रेडिंग होता है सेम इसी में मैं पहले बता दिया सौ रुपये का शेयर इसने क्या किया 115 में पंद्रह रुपये की स्ट्राइक प्राइस पर आपने बाई किया उसको प्रीमियम दस दिया लेकिन एक होने के बाद आपकी प्रॉफिट होगा जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट एक सौ पच्चीस से नीचे होगा तो मेरे लिए फायदा होगा समझ गया दोस्त अगर दो रुपये भी हो गया शेयर की रेट आपके दस रुपये लॉस अगर दो सौ रुपये हो गए तो मुझे बड़ी लॉस होगा ठीक है दोस्त इस प्रकार से पुट ऑप्शन भी है पुट ऑप्शन हम समझते हैं पुट ऑप्शन के लिए क्रिकेट के एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते रोज में बीस रन में खेल रहे हैं आप ये नहीं बोल सकता मतलब रेट कम हो जाएगा दस रन बनाने वाला ऐसे नहीं हो सकता क्रिकेट में लेकिन मार्केट में हो जाता है सौ रुपये कैसे दूसरे दिन नाइन्टी रुपीज़ भी हो सकता है एटी रुपीज़ भी हो सकते हैं इसलिए वो एग्जाम्पल ले लेंगे दूसरा एग्जाम्पल ले सपोज आपने एक गाड़ी खरीद लीता आपको पता है गाड़ी तो ठीक है किसी कारण से ट्रैफिक ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए आपने क्या किया दस हज़ार रुपये इंश्योरेंस किए इंश्योरेंस किया कुछ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं आता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है छोटा एक्सीडेंट तब आपको तीस हजार लग तो तीस हज़ार रुपये पेमेंट मिले जितना एक्सीडेंट होगा उसी हिसाब और बड़ा एक्सीडेंट हो गया आपको दो लाख रुपये लग गए तो दो लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा यानी मार्केट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हो गए रेट कम होने वाला आपको पता है तब आप क्या कर लेता इससे कम होगा करके ऑप्शन बाई करता पुटा ऑप्शन पुटा ऑप्शन जो बाई करता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट में शेयर की रेट कम होना चाहिए इसमें क्रिकेट की स्कोर नहीं है। ये एक शेयर की प्राइस है अभी सेवेंटी रुपीज़ चल रहा है सेवेंटी रुपीज़ चल रहा है आप फिर दोबारा एग्रीमेंट मैं सेलर हूँ पुट सेलर हूँ अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या मार्केट में रेट बढ़ेगा इसलिए तो मैं पुट भेज रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या पचास से कम हो जाएगा सात दे करके मेरे से पचास रुपये पुट ले लेते यदि मार्केट में एक्सपायरी होने तक बीस रुपए हो गए तब मैं कितना दूंगा आपको तीस रुपए आपको देना पड़ेगा आप सात रुपये पहले मुझे दे दिए है ना ट्वेंटी थ्री रुपीज़ आपकी प्रॉफिट होगा यदि मार्केट में चालीस रुपये हो गए तब आपको दस रुपये मुझे देना पड़ेगा ठीक है दोस्त पचास से जितना भी ऊपर गया अगर एक सौ तीस भी होगा आपका नुकसान सात रुपये समझ गया दोस्त इसमें बोल देता है एट द मनी ए बोलते जो स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है ए और ये जो बड़ा है सेवेंटी से वो क्या होगा आपकी इंदा मनी ऑप्शन बोलते हैं ये सेवेंटी से नीचे आउट ऑफ दी मनी आउट ऑफ दी मनी सस्ता होता है दोस्तों ठीक है दोस्त इस प्रकार काल में भी वो भी मैं ऑप्शन चाहिए सौ रुपये के अगर ऑप्शन आप, आप ले रहा सौ रुपये से रेट कम होगा ऑलरेडी कम है इसलिए प्रीमियम क्या होगा थर्टी सौ रुपये से कम न, कम कम मतलब आप पहले से ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा प्रीमियम लूँगा आपसे थर्टी फाइव वहाँ काल की बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों थोड़ा समझ लेना दोस्तों अगर समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखना दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों व्यूज़ बहुत आ रहा लेकिन कुछ सब्सक्राइब नहीं कर रहा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब हमारे लिए भी बहुत इंकरेज होता है ये ऑप्शन है एन ए सी में इस टाइप के डार्क कलर में वो इन द मनी ऑप्शन इस तरफ काल इस तरफ पुट ये बीच में देखने की जरूरत नहीं ये स्ट्राइक प्राइस अभी निफ्टी की अचानक 17,100 स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहे हैं <coughs> अब देख सकते हैं इसका प्रीमियम एक इन द मनी में प्रीमियम ज़्यादा होता है आउट ऑफ द मनी में कम होता है क्योंकि सत्रह हज़ार चार सौ पचास की कॉल आप ख़रीदना होगा तो मुझे इक्कीस रुपये देना होगा इक्कीस रुपये में मैं भेज दूँ क्योंकि चार सौ पचास पॉइंट बढ़ना इतना आसान नहीं है अगर यदि गलती से बढ़ जाता छः सौ तब मैं दो सौ आपको दूँगा अदरवाइज़ ये इक्कीस रुपये मेरा होगा चार सौ पचास से चार मतलब चार से नीचे मुझे ये इक्कीस मिलेगा अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट मिलेगा जितना बढ़ेगा उतना होगा अगर आप कार ले लीजिए सोलह हजार वाला कार बाईस रुपये में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 17100 हो गया 200 पॉइंट बढ़ा इसलिए प्रीमियम ज़्यादा होता सेम इसका उल्टा है यहाँ इंडिया मनी है ज़्यादा इंडिया मनी मतलब मार्केट में जो स्ट्राइक पे इसे ज़्यादा होगा फुट उसका रेट ज़्यादा होगा देखना दोस्तों वन एटी ऐसे इसको बोलता है आई टी इन द मनी ये व्हाइट लाइन में जो दिख रहा है वो ओ टी जो स्ट्राइक पे चल रहा है उसको हम बोलते हैं ए टी, टी की एट द मनी कॉल प्रीमियम एक फिक्स होता है वो टी की प्रीमियम कम होता है वो कॉल में भी हो पुट में भी हो कॉल में हो तो उसी रेट से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस अगर सौ रुपये तो ये 110 वाला और बड़ा और कम होगा 120 वाला और कम होगा इस प्रकार ये इंडेक्स के लिए मैं बता रहा हूँ अगर फुट में आप ले रहे हो तब क्या होगा जितना कम होगा उतना आपकी प्रीमियम कम होगा अभी सत्रह हजार एक सौ चल रहा है सत्रह हजार वाला प्रीमियम उससे कम है 163 है इधर की इसका प्रीमियम कितना वन ठीक है दोस्त ये थोड़ा समझ लेना दोस्तों ये बीच वाला अलग है इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी आपस च की वीडियो बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा ठीक है दोस्त नेक्स्ट दोस्तों एक छोटा सा टिप मैं बता देता हूँ फिफ्टी टू इंटू फोर्टी थ्री ये छोटा बच्चे के लिए आपको पता ना होता है जापान स्टाइल में कैसे हम कैलकुलेट करते फटोफट बताते फिफ्टी फाइव लाइन और टू लाइन आप खींचना हार्डली जेंटली फाइव लाइन हो गया और टू लाइन थोड़ा सा गैप छोड़ना है फोर लाइन और थ्री लाइन जोड़ देना दोस्त जोड़ दे बस हो गया अभी आपने क्या करना है इसको गिनना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना दोस्त ये कितना ये फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव बस इतना करना ये सिक्स ये कितना ट्वेंटी अभी क्या करना है सेंटर वाला दोनों को मिला देना है ऐड कर दिया कितना हो गया ट्वेंटी थ्री एट प्लस फिफ्टीन यहाँ पर सिक्स है ना दोस्त ये की फिक्र होना चाहिए अगर ये कदर अगर ना है टू आया ये वन को ले जाकर कि इसको ऐड करना है अगर यहाँ वन होगा तो यहाँ को हटा के 23 को 24 करना होता लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इधर सिक्स सिक्स है तो सिक्स ही रहने देना यहाँ अभी एक यह ही रखना है जो राइट साइड है थ्री को टू को यहाँ नहीं जोड़ना ये टू को इसमें ऐड करना है अभी ये टू को हम इसमें ट्वेंटी के साथ ऐड कर दे तो टू ट्वेंटी के साथ ट्वेंटी हो गए और ट्वेंटी को भूल जाओ अभी ये तीनों को लिख देना ट्वेंटी टू और सिक्स इसका वैल्यू ही होगा आपको पता होगा तो आप कैलकुलेटर में देख के चेक करना दोस्तों ये बहुत अच्छे और थ्री लाइन्स और फोर फिफ फाइव डिजिट का भी मल्टीप्लाई कर सकता है वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों धन्यवाद थैंक यू